मेरा जोहार है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आयुष्मान कार्ड जो लोग तो हम बारी बारी से सर्च करते हैं आप लोग देखिएगा कि आपका इसमें नाम है कि नहीं मेरे पास जो डाटा है दो दोनों का है एक तो तो का का है, जो के जितने लोग हैं, वो देख लें। अगर आप आप लोगों भी नाम इसमें हो, तो आप जिसके जरिए मेरे से बनाए थे आप हमसे देखा करके अपना आयुष्मान कार्ड ले सकते हैं ठीक है तो चलिए हम आयुष्मान कार्ड करते हैं तो सबसे पहला जो डेट है यहाँ पे हम जाते हैं होम डेट स्टे हैं आपका छठा महीना है तारीख़ आपका तीन तारीख दो हजार उन्नीस है सेम चीज डाल देते हैं छठा महीना तीन तारीख दो हजार हाँ तो ये रेट में जो लोगों का भी नाम ना है आप सबमिट कर कर देते देते हैं हैं तो हम पचीस ठीक है हम हम धीरे-धीरे हैं नीचे टोटल 25 25 25 मतलब है है है ठीक है। इस डेट में का कार्ड बना चलिए एक बार में से लेकर इस डेट में का ही बना है 23 ठीक है तो आप देख लीजिए हम धीरे धीरे ऊपर नीचे कर देते हैं है अमीर उराव है शुक्रा उव है कुमारी राखी उरांव आरती कुमारी तिलका गंगा देवी अभिजीत उराव मधु उव संजया देवी देवी, दाँ, दाँ, शुक्रा राम सुबह तो दीगुण राव लब कुमारी देवी को तो में तो देख हैं और आप कार्ड लेने है तो ये डेट जरूर कि इस डेट में, में मेरा कार्ड है ये नाम है मेरा तो आप निकाल दीजिए तो मैं निकाल के आप लोगों को दूंगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं अप्रूव फिर डेट डालते हैं अब नौ महीना है।, है।, है।, है नाम है सीता देवी हाँ तो नाम है सीता देवी का रिवाज है आपका कुमारी उर्मी देवी विवेक कुमार और गुप्ता ठीक है आप देख लीजिएगा अगर आप नाम होगा तो आप याद से मुझसे निकाल सकते हैं मैं ये YouTube में YouTube के जरिए दे रहा हूँ तक पहुँचा दे रहा हूँ आप लोग अपना समय रहते निकाल सकते हैं तो ये ठीक है अब फिर हम नेक्स्ट जाते हैं पेड़ है आपका बाद हम डायरेक्ट 18, 18 जाते हैं 18. सॉरी मंथ दो हजार उन्नीस ठीक है मंथ नौ महीना है तारीख 18 है 2023. हजार उन्नीस आते हैं? तो इस फिर में दो व्यक्ति का है जिनका नाम, नाम है सूरज रवानी और दूसरा है पमंकज कुमार सिंह ठीक है आप ये देख येगा ठीक है नेक्स्ट पे हाँ। था हाँ हैं। आपका है। दो हजार उन्नीस दो हजार उन्नीस आप टोटल फिफ्टी अंठावन है इस तारीख में। में चलिए हम 100 जाते हैं ताकि पूरा आ जाए, ठीक है अब यहाँ यहाँ पे देखिए ये है आ, देवी है, तो है। कुमारी देवी कुमारी जय सीता देवी, नेहा कुमारी देवी, देवी, शांति उसके बाद है आशीष आशीषुरा उसके बाद है रनुराव शिवाओ अंकित रवि गाली शिवानी कुमारी सुबाव राव मुकेश राव रोहित राव मुन्नी कुमारी ललिता कुमारी अरविंद राव एतवरिया देवी सोमना राव विरशी देवी और बहादुर राव अंजू देवी सुनील राव प्रदीप राव तेलो राव सुधीर राव पंकज राव कुमारी, देवी, देवी, देवी। तो याद रखिएगा ये डेट अगर आप का नाम, नाम हो तो मुझसे संपर्क संपर करके, करके आप अपना सकते हैं इस जरिए। मोदी है वो लाख का इसमें आप आप लोगों का का का सहयोग है। लाख का रहा है।, है, मैंने अ, बताया है कि इसमें दो गांव का है उसके लिए सॉरी, दो गांव नहीं।, नहीं, तीन गांव का है ठीक है एक ही एक गाँव का नाम है वहाँ लोग छोटे लोगों का है तो वो नाम देख रहे हैं तीन गाँव है टोटल जीतू है ठीक है और दूसरा आपका घाट एरिया का और तीसरा जिसमें जो जो लोग मुझसे नए हैं और जयपुर अंतर्गत देवकुंजाय है जिसमें से दो गांव आए होंगे और बारह लाख का गाँव है दूसरा है तीसरा आपका ये जयपुर है ये लोग मेरे पास आकर बनाए हैं बाकी जो दो गांव हैं वो नहीं आए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपका नाम हो तो आप हमसे संपर्क करके अपना नाम देख लें और मुझे डेट बता दें और मैं आप लोगों को ये कार्ड निकाल के दे दूँगा इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को अगर देखना हो तो आप यहाँ पे आइए मोबाइल पे बटन पे जाइए या कुछ में भी जाइए यहाँ पे आके आप यहाँ पे सर्च कीजिए हाँ तो सर्च कीजिएगा मेरे चैनल को यहाँ पे आपका ये रहा जयपुर पंचायत इसको सर्च मारिएगा तो आपका ये आ गया ये देखिए मेरा लोगो है जयपुर पंचायत का ठीक है आप जिसको कॉल के आप मेरा कोई भी वीडियो देख सकते हैं मैं इसमें अपने पंचायत के बारे में और आने वाले जो भी गतिविधिया उसके बारे में जानकारी देता रहता हूँ ठीक है देखिए मैंने ये वीडियो डाला था ठीक है और नीचे कर देते हैं ठीक है और ये हमारा पंचायत है जो कि सही जगह पे नहीं है फिर भी क्या कहेगा जो जैसा अपने अधिकार को यूज कर सकता है ठीक है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तो तक हमेशा जानकारी दूंगा। देख लीजिए ये है सब्सक्राइब का, देखिए ये अनसब्सक्राइब इस तरह का अगर रेड बटन हो, तो आप मेरे वीडियो को मैं जो भी वीडियो डालू पंचायत से रिलेटेड या सरकारी योजना से रिलेटेड तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और ये जो भी वीडियो है पंचायत में ये योजना वगैरह आते रहते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए ठीक है हम इसको पूछ कर देते हैं अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर से अब ये तो डेट था पाँच तारीख अठारह महीने का ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट डेट पे जाते हैं अब यहाँ पे हम दूसरा डेट आ देते हैं आपका चौथा महीना है ठीक है 31 तारीख दो हजार कर लेते हैं चौथा महीना 31 तारीख दो हजार उन्नीस तो ठीक है अब हम दर्द कर लेते हैं शर्मी करते हैं ये सताएथ सताएथ के डेट हैं। नौ नौ सताएथ सताएथ हैं। महीना। महीना। आपका तो इस स्टेट में आपका दो रेट क्या है पहला है लैला और दूसरा है आपका सुरू निकलंदा है ये रहे दो बैठकिका चलिए अब हम नेह नेक्स्ट पर चलते जाते हैं याद रखिएगा ये सब कोहेंगे का, का है बाकी गुजरात में नहीं था कोंगाबाद का है ठीक है ये तो चले लेकर तरह लिखोगे का है तेरे सर तो मंथ ये आएगा 22 तारीख 2 में करते हैं, होम डेट नेक्स्ट हो गया आपका नौ तो, तो, तो इसमें एक का नाम है इनका नाम आपका में जाते हैं जनवरी एक तारीख 2019 हजार महीना एक तारीख दो तो, हैं। तो इसमें पांच जगह कितना बना हुआ है और वो पांच जगह किसका नाम है आगला महरूसरा तो है, दुझता है दुझता मार, था और ये देवी क्या आप देख लीजिएगा अगर आपका नाम हो तो आप इसे मेरे से कर करके ले सकते हैं नेक्षे नेक्षे चर्चे चर्चे हैं ठीक है अब नेक्स्ट का लिए तारीख हजार ये मेरा आपका दो व्यक्ति का नाम है हाथ दो सूत्र कर्मणarajय जय जिन हम और अदर वीडियो में तो ये जो उनका नाम आप देखनी है ठीक है देखें। ये देखें। ये देखें है आपका चार तरीका ठीक है अब हम नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं फ्रॉम स्टेट ठीक है अब आपको उसके बाद आ जाइए 4.9 महीना की है मंथ 10 है ठीक है।, है, है दो हजार ठीक है में हैं। थीन थीन का बना हुआ है है है है ठीक इनका नाम और और ये एमडी इस्लाम चलिए है अब हम जाते हैं, हैं, आपका है है हैं, आपका है, है, मैना मैना तारीख तारीख को करते इस स्टेट में का है ठीक है? इसी महीने वर्मा हरहर मार ये दो नाम है इनका नाम है पहला का सूरज कुमार रवानी और दूसरा है आपका पंकज कुमार डेट आते हैं बाईस तारीख के डेट में सबमिट करते हैं और इस डेट में लगभग छह व्यक्ति का बना हुआ है और वो छक्ति का नाम देख लीजिए आप ललिता देवी अलताभ अंसारी खुशी कुमारी राज वर्मा मोहम्मद एयूब अंसारी तब्रश्म खातून तारी पहले भी देखते चलिए कोई दिक्कत नहीं है जिनसे रिपीट होगा तो अच्छी बात है डेट आप हमेशा याद रखिएगा और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे से हैं या फिर आप जिससे बनाएं आप ये कार्ड जिनसे भी बनाए हैं उन्हीं से ये कार्ड ले सकते हैं आयुष्मान कार्ड ठीक है चलिए हम नेक्स्ट डेट में जाते हैं ये आपका नवा महीने का ही ओ सॉरी यहाँ पे नवा महीना का ही चौबीस तारीख का डेट में ठीक है यहाँ चौबीस माप पे सबमिट करते हैं इसमें आपका एक व्यक्ति का है नाम है हलीमाली ठीक है ये रेट देख लीजिए ठीक है अब नेक्स्ट डालते हैं जो जनवरी महीना था ठीक है जनवरी चलेगा देखा सोलह तारीख और हाँ तो दोस्तों कस्टमर आ गया था आ, इसे हाँ मुगर भी जियो में चलिए ठीक है ये जो डेट था आपका 16 तारीख का है सोलह तारीख के बाद आपका आगे जाते हैं डेट उसके बाद 24 तारीख का जाते हैं ठीक है जनवरी महीना में मेरे पिताजी, पिताजी का नाम नहीं है है है फिर भी जो लोग मुझसे बनाए हैं वो अगर इस वीडियो को देखेगा, तो पता कि हाँ मेरा है, हम है। ठीक है। आप लोग तो पता का ये तो आप जो भी मुझे जितेंद्र कुमार और ये हो गया आपका गौरी ठीक है अब आगे जाते हैं तारीख में जनवरी का और नाम है और, जो नाम है। सपुवार, मुन्णा मुन्णा और... आ, करुण सिना। करुण ठीक है नेक्स्ट जाते हैं सकीना खातून और खात आपका और और अनिमा में जाते हैं आपका ये अब उसके बाद हम मात अब हम हाँ हाँ थारी थारी को रहे हैं, हैं। उन लोगों लोगों लोगों को को को अगर आ, नहीं मिला तो तो भविष्य में, में में आने वाले समय या जो जो भी भी ही रहेंगे हमेशा मिलता रहेगा जब तक मिलेगा इसके होंगे चलिए हम नेक्स्ट डेट में रहते हैं तो ये आठ तारीख का जाते जाते हैं। आ, तो ये आग का आग का है, अब तो उसके बाद मार्च में ही सोलो लगा सोलो माना दे रहे तो मार मार हैं जय टेट में जाते में जाते हैं हैं चले चलिए घर में जा रहे हैं ससाई अधिकों को लेते हैं <laughs> अब हम फिर दे रहे हैं तो है। देर में है। पर और रहा है अब निर्णय अठारह महीने कर का दूर तारीख है दो हजार उन्नीस दे देते हैं इसमें बीसों का गिनारा है आपकी वीडियो नंबर है दोस्तों, हम भी दी कंटिन्यू कर जा रहे हैं, मेरा नाम देखें ठीक है किधर रहते रहा, चलिए ठीक है, ये काम का चीज है आप लोगों के लिए इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। the yeah. पढ़े लिखे हैं वो सुधार के भी पढ़ सकते हैं आपका नाम होगा आप आ जाइएगा मोस्ट वेलकम है आप लोगों का स्वागत है मेरेज और शॉप में मेरेज सेंटर में ठीक है नेक्स्ट हम जाते हैं चार तारीख था छठा महीना तो आज हम पांच तारीख देखते हैं सर्च करते हैं ये जो है इसमें लगभग अंठावन कार्ड है स्टेट में अंठावन कार्ड है और ये जो है सर यहाँ पे हम देखते हैं शायद ये मैंने पहले भी चेक कर चुका हूँ ठीक है इसलिए हम इसे नहीं बोलेंगे आप लोग देख लीजिएगा तो ठीक है ये जिनका हम अब लीजिए महीना में ही आपका ग्यारह तारीख को करते हैं तो इसमें आपका दो व्यक्ति का नाम है नाम है नंदनी देवी और छठा महीना में ही तेरा तारीख देते है। हैं इसमें आपका है आयुष राव अनामिका कुमारी और ये नीचे वाला है श्रवन कुमार ठीक है? तीक है। तारीख तारीख हैं, हैं। है। को का, का संदीपरा और दूबी देवी ठीक है अब हम चौदाह हो गया एक अगर रिपीट भी होता होगा तो आप लोग अपना नाम देखें और हमें बताए ठीक ताकि इतना लोगों का नाम और डेट याद रखना पॉसिबल नहीं है जिसके कारण मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इस वीडियो को भेजेगा हम देख लीजिएगा चलिए ठीक है अब हम सत्ताईस तारीख देखते हैं खातूल अंतारी दो जन का है ठीक है चलिए ग्यारहवा महीने का देखते हैं पच्चीस तारीख तरमी कर दिया मैंने तो इस डेट में नहीं है ठीक है को मारते हैं that is the thing हैं। हैं। करते हैं, इसमें एक है दो बड़ा आदमी है, है उसके लिए बड़ा जो है that ठीक है।, है ये हो गया चौदह हजार देख लग रहे हैं मेरा तरीका क्रेडिट होता है तो लल्ला करके देखेंगे लल्ला पत्रिका में आधारा कौन सा कौन कौन written है तो तो बल्ला तो तो क्रेडिट में 40 व्यक्ति हैं तो 40 व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं चलिए लल्ला पत्रिका में जो 40 व्यक्ति हैं उनका नाम हम यहां पे पढ़ते हैं नीमा कुमारि ललिता मुंडा मुंडा सोनिया खुशूशी सोनिया देवी सुमित बाबा लाल मुंडा देवी खुश खुशूशी ललाकारी देवी, हारी हारी देवी।, देवी। देखा कमारी। देखा कमारी। और मुन्नरा नायनगिरी देवी मीना कुमारी सीमा देवी कुमारी शांति देवी, सुब्रमण देवी मुझे जाऊ चलिए ठीक है अब ये लास्ट है लास्ट डेट है मंथअ का पांचवा महीना हैं yeah. वो भी डेट याद हो तो आप एक बट्सर्च कर दीजिए हमको बता दीजिए कि इस डेट में है तो हम सर्च कर लेंगे ठीक है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं ले गए हों वो मुझसे संपर्क करके आयुष्मान कार्ड ले लीजिएगा मैं इस चैनल के माध्यम से आने वाले जो भी गतिविधियाँ हैं तो डालूंगा ठीक है मेरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपका पंचायती स्तर से जो भी योजना आता हो मैं डाल दूँ ठीक है ग्राम पंचायत किस तरह चलता है किस तरह चलाना चाहिए क्या योजना आया है नहीं आया है ये सब मैं आपको इस जयपुर पंचायत चैनल के माध्यम से और जैसा कि हम लोग जानते हैं जितना भी पंचायत में लगभग सारा योजना बराबर बराबर होता है चलिए एक चीज हम आप लोगों को बताते हैं फंड देखने के लिए यहाँ पे आप मोबाइल हो या कुछ भी हो वहाँ पे ऐप लीजिए देखते हैं आता तो है तो ठीक है मैं तो बता देता हूँ ये रहा ठीक है रिपोर्ट ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट है ठीक हम तो से आप अपने पंचायत का जो भी खर्चा बदचा है वो सब डांस रखते हैं देख सकते हैं यह रहा इसके माध्यम से ठीक है आ, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा ठीक है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका पंचायत में बचा हुआ पैसा पैसा कितना है।, ठीक है, इसके माध्यम से आप अपने पंचायत में लगने वाला कि किस गांव में कितना पैसा लगा ये जान सकते हैं और एक बता देता हूँ ठीक, ठीक है आपके गांव में के आप देखते हैं ठीक में में तो है हम देख लेते हैं। मेरे गाँव में कितने मजदूर हैं, भी नया चल रहा है और उसमें है, लोग क्यों भी पढ़ता होगा ये सब काम चल रहा है और लोगो लाभ उठा रहे है। हैं और जाते हैं और ये इतना मजदूर है ठीक है न इतने लोग मतलब एक हजार लोग सकते हैं पूरा टोटल तो लोग लोग लोग नहीं नहीं कर कर कर रहे रहे रहे हैं हैं हैं हैं कुछ कुछ ठीक है है है का पैसा आप आप माध्यम से देख सकते हैं कि में में में कितना कितना आया मुझे मिलता नेक्स्ट वीडियो में मैं लोगों को बताऊंगा पर लगेगा और अच्छे अच्छी बात डालूंगा अधिकारियों के, के पास जाऊँगा उन लोगों का जुबानी रिपोर्ट करके मैं चैनल में डालूंगा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो जय मैं वीडियो में को